good morning everyone my name is ariket kumar today i am going to sing a song titli aayi titli aayi titli aayi urti urti titli aayi neeli titli peeli titli kaali kaali rani titli geeta aati geeta aati titli kabhi कली पर उड़ती फिरती उड़ जाती वो हाथ न आती थैंक यू